दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरसद टाटानिक में मैं हूँ आपका दोस्त अरसद तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे तमिलनाडु के त्रिपुर जिले के ताउन बिला कोयल में लॉकडाउन के बाद के हालात है मार्केट का भी ज्यादा लेंगे तो दोस्तों वीडियो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये देखिए हम लोग बिरला कोयल बस स्टाफ की तरफ जा रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दुकानें वगैरह खुली हैं आँ... सब्ज़ी वगैरह और फल ए, मेडिकल वगैरह की दुकानें खुली हैं बाकी किसी चीज़ की भी दुकान नहीं खुली पूरी तरह से अभी बंद रहती है तो ये देखिए दोस्तों तमिलनाडु का बस स्टॉप बिरलापुर का बस स्टॉप है ये और पूरी तरह से भी खाली है अभी बस वगैरह नहीं चल रही है अभी लॉकडाउन इधर पे अभी चल रहा है थोड़ा बहुत दुकानें खुलने की इजाज़त मिली है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन कर भी हमारी नई वीडियो आई जिससे पहले आप तक पहुंच सकें मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ और आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि उससे हम लोग का लो, हौसला लो बढ़ता रहे ताकि हम और अच्छी तरह से वीडियो बना सकें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक पूरी तरह से सब दुकानें बंद हैं सिर्फ फल सब्ज़ी वगैरह मेडिकल वगैरह की दुकानें खुली रहती, है। रहती हैं बाकी सभी दुकानें बंद रहती हैं अभी यहाँ पर अभी बहुत लॉकडाउन कड़ा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में और साइड में यूजर नेम भी आ रहा होगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अभी दुकानें वगैरह अच्छे तरीके से नहीं खुल रही हैं अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि बहुत कम दुकानें खुली हैं और सिर्फ फल सब्जी खाने पीने की चीज़ें तो है वही सब खुली रहती है बाकी कपड़े वगैरह मॉल वगैरह भी नहीं खुल रहा है तो हम लोग भी सुबह में आए थे वही सब्ज़ी लेने तो हम लोगों को सब्ज़ी वगैरह मिल गई थी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले थे ये थोड़ा नज़ारा देखने के लिए और सब्जी वगैरह भी लेने लेना था तो सोचा थोड़ा सा देख लें अभी लॉकडाउन इधर चल रहा है अभी तो देखो कब तक चलता है दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना और दोस्तों इस तरह की वीडियो और भी आती रहेगी इस चैनल पर जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा तो हम लोग थोड़ा बाहर घूमने निकलेंगे तो और भी वीडियो आएगी इस चैनल पे और अभी पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है बस वगैरह भी चल नहीं रही है पूरी तरह से इसलिए थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है अभी फल वगैरह सब्जी वगैरह की दुकानें खुल रही हैं तो हम लोग वही सब लेने आते हैं थोड़ा इधर घूम लेते हैं नहीं तो काफ़ी दिनों से तो हम रूम पे ही पड़े रहते थे चलिए कोई बात नहीं अभी धीमे धीमे लॉकडाउन खुल रहा है उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन कोई तरह से खुल जाए तो और बेहतर होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल बेलाइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक तो पहुंच सके तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद